गए तो है नहीं आते हैं गड़ी धीरे निकलने कहीं चलने का लग गई shadow shadow high tech high tech mazam ga yeah. mazam ga सबब sabab high tech cyber azam gar मैं मतलब करता बाहों में आ सوني मैं हसरत रात की लब पे खदसी है अबो सर तक हो जाई फिदा One K K K K K K K K K K. नहीं, आते हैं बड़ी धीरे निकलने कहीं चलने का लगे किया pani pani ho re ha ji